किनका डर ना बकोनो कौनो जबाना ऐसी जिंदगी जियन शान से किनका डर ना बकोनो जबाना से जिंदगी जियन शान से कब्बू भूल के पंगा मत लीहे जिला चंदौली के सूरज यादव से नाता मरा जे बेजान